चूचू का बर्ताव लोगों के साथ काफ़ी ख़राब हो गया तो हम इसको बाहर एटीट्यूड इसका एडजस्ट कराने ले जा रहे हैं मेरे पिताजी का एक बड़ा कारगर तरीका था जो मेरे पे तो बहुत अच्छे से काम किया देखते हैं क्या चूचू पे भी काम करेगा बचपन में हम कभी घूमने गए हो ना और मैं बहुत शरारत कर रहा हूँ तो पिताजी सड़क पर जैसे बच्चे होते हैं उनकी इशारा करके कहते थे देख मेरे को भी हम यहीं से लेके गए थे और तुम शरारत करेगा तो मेरे यहीं छोड़ जाएंगे तो मैं थोड़ा सहम चाहता था कि यार यो मामला संजीदा हो गया और मेरा व्यवहार जो है बेहतर हो जाता है आज हम चू को भी चिकन शॉप लेके जा रहे हैं और उसको बताएंगे कि अगर इसके व्यवहार में सुधार नहीं आया तो इसको हम छोड़ आएंगे। ये देख ऐसे रहते हैं मुर्गी ये देख देख रहा है तो अगर तेरा व्यवहार ना हुआ ना सही तो यहीं छोड़ जाएंगे खुला पानी तीन टाइम खाना इसलिए तू पकड़ गया उसको खाने को तो मिलेगा नहीं मिलेगा वो खाना बनेगी किसी का भी सुन रहे तू फैक्ट्री में पैदा हुई सुबह यहाँ आई शाम को एक कट जाएगी ना उसने धूप देखी ना उसको किसी ने प्यार किया तू सुधर जा चूचू शादी इसके साथ शादी कर दे शादी कर, कर दे तो रात को तो आपने उसको काट देना है बस इसकी हमने थोड़ी देखभाल करी है तो थोड़ी सेहत वगैरह अच्छी है सौ तो तो ग्राम बेचूंगी मान लो किलो का है नौ सौ मिलेगा छह सौ सौ सौ ग्राम बेचने कहाँ जाएंगे इसका रेट लगाना क्या कितने हम तो का हम देख ले गए रेट क्या लड़ा है साढ़े साढ़े एक सौ बीस तेरी वैल्यू सिर्फ देख ले लोगो ने यही लगाई एक सौ बीस रूपए हम तेरी वैल्यू करते है तू हमारी नहीं करता जो ऑफर किया जा रहा है तेरे को तू तो वो क्यों नहीं खाता इस समय तो चूचू का स्नैक टाइम चल रहा है। पर जब तक शाम को इसका डिनर टाइम जिस मुर्गी से रस्ते पर होगी अब देखिए भगवान ने हमारी किस्मत में हमें क्या दिया ये हमारे हाथ में नहीं है पर उस दिए हुए का हम क्या इस्तेमाल करते हैं ये हमारे हाथ में तो अगर चूचू को भगवान ने मुर्गा बना के हमारे यहाँ भेजा तो इसके हाथ में है कि ये अच्छे से व्यवहार करे अगर भगवान ने हमें इंसान बना के इस दुनिया में भेजा है तो ये हमारे हाथ में है कि हम अपने हाथों पैरों का इस्तेमाल किसी की जान बचाने में करते हैं या किसी की जान लेने में